दयावान प्रभु भुला देन वाले दयावान प्रभु को भुला देन वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा दयावान प्रभु देने वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बने अच्छा बुरा तेरे सारे कर्मों का अच्छा बुरा तेरे सारे कर्मों का तेरे बात ते बनेगा ग्रमान प्रभु को करना कठिन है सहना कठिन है करना कठिन है सहना कठिन है प्रभु के पे चलना कठिन है करना कठिन है सहना कठिन है भक्तिकू पे चलना कठिन है भक्ति के राहू पे चलना कठिनको मिलेगी श्वर की भक्ति तुमको मिलेगी जो ईश्वर की भक्ति जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या पता ना बने प्रभु को जो प्रेम तुम्हें को लुटाना था प्रभु पे जो प्रेम तुम्हें को लुटाना था प्रभु पे वो प्रेम तुमने लुटाया जगह में वो प्रेम तुमने लुटाया जगत न आएगा एक दिन ऐसा भी वक्त तेरा आएगा एक दिन ऐसा वक्त तेरा दुश्मन तेरा जमाना बनेगा गया मान प्रभु को बुला देने वाले मन प्रभु को बुला देन वाले आखिर क्या पता बनेगा दयामान प्रभु आएगा एक दिन ऐसा सभी का आएगा एक का दिन ऐसा सभी का कोई भी तेरा कहा न करेगा आएगा एक का दिन ऐसा सभी का कोई भी तेरा कहाना करेगा, करेगा। जब तक हैसा से भजन करे हरी का जब तक है सांस भजन करे हरि का हर दम तेरा ना जमाना रहे गा दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा ठिकाना बनेगा दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या आसाना बनेगा